आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखें आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ और आज भी 5000-10000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है तो मोदी तो क्या है एक छोटी सी चीज है जी मैं तो